आगे। आगे। आगे। आगे। क्या बोल रहा तो रात ताजमहल रेंट पे लेना अच्छा नहीं नहीं है क्यों? क्या कि देखो हम लोग ताजमहल में हैं ये पीछे जो दिख रहा है सब कुछ ताजमहल। ये ये वाला? वाला। हम... ताजमहलूजन करेंट पे क्यों नहीं लेना चाहिए हम लोग सोच रहे रूम वगैरा लेते हैं ना तो सबसे पहली बात तो बहुत अंदर है के अंदर बहुत है और रिक्शा कैब वगैरह नहीं अंदर तो आते ही नहीं ना भाई अंदर पैदल ही आना होता है आपको तो दूसरी बात भीड़ बहुत आती है पता नहीं मतलब कुछ नहीं लेकिन भीड़ बहुत रहती है तो आप अंदर आते आते आपका और दिमाग खराब हो जाएगा ऑफिस में तो हो ही जाता एक तो सिग्नल पे ट्रैफिक लगती है अंदर ट्रैफिक लगी रहती है और लोग जबरदस्ती की फोटो खींच रहे हैं तो आपको अच्छा नहीं लगेगा की आपका पर्सनल स्पेस जो है वो पब्लिक स्पेस हो जाएगा और उसके बाद अंदर जब हम आए है ना बाहर और कोई गड़बड़ी दिखी आपने को बाहर तो ठीक है नहीं यार। चाय वाय की दुकान नहीं है चाय की दुकान नहीं है कोई बहुत मतलब तो बहुत दूर है चाय की दुकान और पवन पवन की दुकान थी चाय की जहाँ पन पी थी उसको पुल्ल भी गरम था और उसके बाद अंदर जब आए तो अंदर आप फोटोग्राफी नहीं ले सकते मतलब रूम में भी फोटोग्राफी ले सकते आपके पता है और उसके बाद कैसे प्रॉपर्टी होता होता होता है, एजेंट होता है, आ, क्या होता है एजेंट क्या वो? वो करेक्ट रूम हाँ। आप और और अंदर अंदर जाने जाने के। के। <laughs> समझ रहे हो की गली में आने के पचास और अंदर जाने के दो सौ रूपए दो चलो ठीक है वो भी दे दी हमने अंदर जाके देखे ना तो कोई लाइट फिटिंग है अंदर कमरों में और ना कोई पानी की व्यवस्था है और किचिन विचिन तो कहीं थी नहीं अलमारियां भी कहीं नहीं है और ग्राउंड फ्लोर तो बंद ही है हाँ ग्राउंड फ्लोर तो बंद ही है वहाँ कोई दो लोग अलग रहते हैं <laughs> पर ठीक है वो गड़े मोड़ते हैं अपन उखाड़ेंगे उखाड़ेंगे <laughs> उसका मैटर अलग है अगर ऊपर ही कहीं पर उनको देखना हो तो खिड़कियाँ वगैरह भी मतलब ऐसी कोई खास नहीं है सब जाली जाली लगी थी ना यार आईना नहीं तो देख भी नहीं सकती आप एक बार बताओ हम लोग अभी दिन में कितना एक बज रहा है अंदर अंधेरा टाइप बता रहे रात को तो और बैंड बज जाती होगी नीचे का तो तो चलो खुल जाती जाती है है। है। है ना ना के के बाद। बाद और कोई मतलब ये बेसिक नहीं है। पीछे नदी मेरे हिसाब से फिर उनका यही होगा कि सुबह लोटा लेके पांच चले जाओ। मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा की तो बगल में चार पिलर हैं चार पिलर है उसका भी तो कुछ फ़ायदा नहीं, स्नाइपर नहीं सा है स्नाइपर लगी लगी है है, कुंडी हुई तो आप ऊपर जा सकते हैं और बस हाँ ये है कि आपको पतंग पतंग उड़ानी है तो है स्पेस, लेकिन बस फिर पतंग भी उड़ाते रह जाओगे हाँ वो भी 200 सौ लिए वो भी तीन घंटे के लिए नहीं वो तीन घंटे के अंदर आपको एंट्री मारने लगती है तीन घंटे के लिए वैलिड होता है एंट्री के लिए जैसे प्लेटफॉर्म टिकट होता है ना पता है है कुछ कुछ से से जो इसकी डील डील कट कट कर ठीक <laughs> <laughs> है तो फिर जाए चलो, चलो मत मत लेना मत लेना मतलब अच्छा कोई कोई सेंस नहीं। तो कोई सेंस नहीं नहीं, कोई सेंस नहीं। चलो बाय